हेलो एवरीवन वन सेल्फ उपासना कभी कभी जीवन में एक ऐसा वक्त आता है जहां आपको इमोशनली प्लस प्रैक्टिकली डिसीजन लेना पड़ जाता है कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसा डिसीजन लेने के लिए आप मजबूर हो जाते हैं और दो राह पर आकर रुक जाते हैं आपको ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा राह आपके लिए सही है और कौन सा गलत तो दोस्तों ऐसे वक्त पर आपको बहुत ही सोच समझ ही डिसीजन लेना है जैसे जैसे कि यदि आप शादी के बंधन में बंधना है या आप लव अफेयर्स में हैं या आपका कैरियर सेटल नहीं हुआ है या आप सेटल आपका कैरियर हो गया फिर भी आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए यदि आप लव अफेयर में हैं तो उस वक्त आप अपने पेरेंट्स के प्रेशर में भी हैं कि पेरेंट्स चाहते हैं कि आप वो आपके पेरेंट्स जो लड़के या लड़की पसंद किए हैं आप उन, आप उनमें से किसी एक को चूज करें तो ऐसे वक्त पर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं हो सकते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं हो सकते इस वक्त आपको थोड़ा प्रैक्टिकल और थोड़ा इमोशनल को बैलेंस में कर, कर चलना होगा जैसे कि आप इमोशनल में आकर आप लव मैरिज कर लेते हैं और आप अपने पेरेंट्स के बिल्कुल खिलाफ़ हो जाते हैं और आप फाइनेंसली रूप से भी स्ट्रांग नहीं हैं तो आप कहीं ना कहीं फिर आपका वैवाहिक जीवन सक्सेस नहीं हो पाता तो ऐसे वक्त में आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं फाइनेंसली रूप से स्ट्रांग हो सकते हैं पहले तो सबसे पहले आपको फाइनेंसली रूप से स्ट्रांग हो क्योंकि जीवन को जीने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है बिना पैसे का आप किस कहीं भी कुछ भी आप अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो जब आप फाइनेंशली रूप से स्ट्रांग हो जाएं, अपने कैरियर को सेटल कर लें तब आप अपने लव अफेयर्स में आप उस लड़के को ही या लड़की को पसंद करें जिसको आप चाहते हो, या जो आपके दोस्त निश्चित है कि आप उन्ही से शादी कीजिए जो आपके अच्छे दोस्त हो ताकि आपको पूरी उम्र आप दोनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी जाए और दिन क्या होता है आप अगर आप कैरियर सेटल है हो चुका है तो आप अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर सकते हैं लेकिन यदि आप आप कैरियर में सेटल हैं और आप इमोशनल डिसीजन ना लेकर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं या आपने पेरेंट्स के डिसीजन के अनुसार आप चल पड़े जहां आपके पेरेंट्स को ऐसा लग, लगता है कि मेरे अनुसार चूज किए हुए आप जीवन साथी को बस से शादी कर रहे हैं और आप दहेज जैसे कि दहेज प्रथा अभी बना हुआ है तो आपको दौड़ी का भी लालच है चलो मुझे मतलब काफ़ी अच्छे अमाउंट में हम मुझे दौड़ी नहीं मिल जाएगा जो आपको फाइनेंशियल रूप से थोड़ा और ज़्यादा आप लगे कि हम और स्ट्रॉन्ग बन जाए तो ऐसी स्थिति में उनसे शादी करने को तो आप कर लीजिएगा लेकिन फिर आप अपने लाइफ को लाइफ पार्टनर के साथ आप शायद आप बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छी जिंदगी ना जी पाए आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग ना हो मेंटली रूप से आप दोनों के बीच में अच्छी समझ ना हो तो आगे जाकर आपको ये डिसीजन आपको महंगा पड़ सकता है कहने का अर्थ है कि ये जीवन जो है ये वर्ल्ड जो है एक दूसरे से कनेक्ट होता है ये नेचर जो है दूसरे से कनेक्ट होता है आप जैसा बिहेव सामने वाले से करेंगे आपको रिटर्न में वैसा सेम आपको रिटर्न बैक मिल जाता है इसलिए कोई भी डिसीजन चाहे वो छोटा सा डिसीजन हो या बहुत बड़ा डिसीजन हो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर भी आपको डिसीजन नहीं लेना है और बहुत प्रैक्टिकल होकर भी डिसीजन नहीं लेना है इसलिए अपने डिसीजन के समय अब बहुत सोच समझ कर डिसीजन ले अब थोड़ा लॉजिकल भी डिसीजन ले कि हाँ ये ये लॉजिकल डिसीजन ये ले कि इसके ये डिसीजन लेने से सही है या गलत है तो दोस्तों आज आप अपने डिसीजन को सोच समझ कर लें और आप, आप इसके लिए आपको थैंक यू थैंक यू वेरी मच फिर अगले वीडियो में मिलेंगे धन्यवाद